तुमने गुलाम को समझ के रखा एक सांस में ना पंद्रह रैप्टे मारता हूं बारह तेरा पूरे पंद्रह खाए भाई मुर्गी चोर ने अब कौन है मासूख ली कोई मासूक अली मासूक अली एबे, कौन हो बे तुम? <laughs> हम हैं रेगिस्तानी लुटेरे क्यों हो? पानी चाहिए हाँ दे दे पी लूंगा अबे मजबूरी की पैदाइश हमें लुटेरे हमें पानी चाहिए कहा है तुम्हारा पानी अब कोई पानी नाम तो खुद खाली है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे हाँ ले चलो सिकंदर के पास अबे यार ये क्या अरे रहा तुमने जगह सिकंदर सिकंदर सिकंदर अरे तो पे साला शुरू हो गया चल सिकंदर वैसे कौन है ये सिकंदर जल्दी चल कभी बुरा मान जा काम कर लो इना मुला खाली है इसमें डाल दो आका भी खाली है। कुछ तो बहुत अजीब है ना मैंने कभी नहीं देखे बेफिजुल में भागते हुए रेस के घोड़े बहन के सोते हुए साटे! एक में तेरी तकदीर बदल दूंगा। गरम मसाले तो हैं ना अपने पास गरम मसालों का क्या करोगे आका आज डिनर में चिकन तंदूरी होगी मशूक अली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरा सिकंदर से छचुंदर बना दूंगा साले आंख मैं इसकी टांगे उठा दूंगा टे सिकंदार मकसूद तेरी की उंट। इन्हें पकड़े रखना कहीं चाने मत देना टेंशन मतलब आका शाम तक यहीं मिलेंगे मकसूद की माँ का ऊंट है गे अबे लेटरीन में गिरे हुए गाड़े शैंपू मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरा नाम लेके मुझे मत पुकारा कर मैं तुझे कभी आका नहीं कहूंगा तू भूल गया है कि मेरा ही पानी चीन कर तू सरदार बना है और ये साले तेरे चेले मेरी कई भी मेजी कर देते हैं खैर इन बातों को छोड़ अब मेरे हाथ में खुजाट हो रहा बता क्या करूँ वहीं आकर बता दू अबे बता क्या करूं का? करो क्या चुभ रहा है खोफड़ी के रेतीले जोनी सिंस अश्लीर आखिर मेरे पहले वाली सच्ची माला में फोटा फैल पहले मार थी देख आका बहुत बढ़िया इस पंच में तो मजा आ गया बहुत ही बढ़िया मारो ऐसी मारो थैंक यू सुनो जितना पानी हो सके चुरा लो और जो बच्चा उस पी जाओ हम ना चुराते तू तो ही चुरा साले मुर्गी चोर एक ऐसा साला फटिया सा और आने दो उसे क्या नाम है पाली का बाजार के प्रिंस ऑफ पर्सिया कहूंगा उससे पता न क्यों भेजा मेरे साथ अपरा तुम चुराओ पता ना किस ऐसा अबे भाई तो छोड़ सारी करेगा। तो क्या हो गया तुझे? क्या तो बुड्ढे ये कर दिया तूने तो मैंने दौड़े तू नी सारी बस चालो जल्दी चलो अंदर आ गया तो जान से मार देगा इनामुल्ला इनामुल्ला इनाभुल्ला इना No la Ya yeah! दिलवर चलो थोड़ा पानी पी लो दिलवर ने ना कभी चोरी करी है और ना कभी चोरी किया हुआ पानी पिया है और आज आजादी के बुढ़े बुड्ढे जब तुझसे कई थी पानी चुराने को तो बहुत बड़ा वाला पानी भक्त बन गया एक घोट मारन दे ले इसका घोट मार ले अले बुड्ढे तू तो पानी ढूंढने आया था या पानी पीने आया था सारा पानी डकार गया। उधर सिकंदर की सारी बोतल फोड़ाया मैंने बोली वो साले तू ने बोली वो मुर्गी चौर। मुर्गी चौर मत कहा कर मुझे? वो मुर्गी नहीं है मेरे अब्बा की आखिरी निशानी है उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मुर्गी नहीं है वो मेरा भैया मेरा भैया तेरे अब्बा ने टांग उठाएंगे मुर्गी की क्या तेरी अम्मा ने अंडा दिया तेरी दे रही। ना तेरी तेरी ना ना ना ना दे, दे कसम कसम कसम मैं रही। कहूंगा पानी पानी पानी पानी अबरार, अबरार मेरा पानी मेरा पानी मेरा पानी चाहिए मुझे अबरार अबरार में चढ़ गए क्या की चोर को मुझे मेरा पानी चाहिए जाए